पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश प्रकाशकों पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन सोनिया एक बात समझिए, को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन अरे बात का सीरियस थी oh, no. औतुला जितनी देवी पंद्रह तू से और का चाहिए बस। कमो अरे भैया भैया यार तो। भाई यार कल ये और तो। तो के गुरु बहुत बड़ा भाई। है। एक फिर हम छोड़ दिया चलो ठीक हम जाते मम्मी यार कहे तो हक है अब अपने दे जब दा दा ना चल ठीक है, है वो तो रुपया ठीक है खा लिया भाई और जाबे ना खा लिया मैं तो कहा जाब मे दो